हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे 90 प्रतिशत एक्टर या आम इंसान अपनी लाइफ में सफल क्यों हो जाते हैं दोस्तों कौन सी वो कमियां हैं जिनकी वजह से सिर्फ 10 प्रतिशत ही कामयाब हो पाते हैं दोस्तों आज इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों जो 90 प्रतिशत है वो कभी अपने लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं पाते वो मंजिल से भटका दिए जाते हैं या भटक जाते हैं दोस्तों हम अगर किसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते तो ये ऊंचाई की कमी नहीं खुद हमारी कमी होती है दोस्तों हम सफल नहीं हो पाते तो ये सफलता की कमी नहीं हमारी कमी होती है हमें अपनी कमियों को ढूंढना होगा समझना होगा कि ऐसे क्या कारण है कि हम अपना लक्ष्य अपने सपने हम साकार नहीं कर पाते वो लक्ष्य दोस्तों हमें ढूंढने होंगे समझने होंगे और उन पर काम करना होगा दोस्तों आज की जो वीडियो है इसी विषय पर दोस्तों और सबसे पहले हम बात करते हैं विजन दोस्तों जो 10 परसेंट इंसान होते हैं सिर्फ उन्हीं का विजन करियर होता है नब्बे प्रतिशत इंसान का विजन करियर नहीं होता दोस्तों उसे नहीं तो ये पता होता नब्बे प्रतिशत को कि मुझे क्या क्या करना है कैसे करना है अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है लक्ष्य के लिए क्या क्या जरूरी चीजें मुझे सीखनी है ट्रेनिंग अटेंड करनी है उसे कुछ नहीं पता होता दोस्तों वो तो सिर्फ सपने ही देखता रहता दो अब इसका सोलूशन क्या है दोस्तों हमें स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमें मेरी मंजिल क्या है मेरा लक्ष्य क्या है मुझे कितने दिन में अपना सपना अपना लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। और दूसरी कमी है दोस्तों आत्मविश्वास की कमी दोस्तों जितने भी सफल इंसान हुए हैं या सफल इंसान है सभी में आत्मविश्वास कूट टूट कर भरा हुआ, हुआ है या कूट टूट कर भरा हुआ है किसी ने मोबाइल बनाया कंप्यूटर बनाया एरोप्लेन बनाया या कोई चांद पर गया दोस्तों तो उनमें आत्मविश्वास टूट फूट कर बना हुआ सभी सफलताओं का एक ही राज है एक ही सीक्रेट है आत्मविश्वास खुद के प्रति आत्मविश्वास रखें, अपना खुद का भी मान सम्मान करें अपने प्रति भी आस्था विश्वास श्रद्धा दोस्तों कामयाबी बिजली सबसे जुड़ी है हमें खुद पर विश्वास करना होगा और लक्ष्य की तरफ चलना होगा तभी हम सफल हो पाते हैं तो एक कमी और है वो जबरदस्त कमी है हमें भविष्य के बारे में हम कोई प्लानिंग नहीं बना पाते हम भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचते हैं नहीं कोई प्लानिंग बनाते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने वर्तमान को सही ढंग से नहीं कर पाते दोस्तों दोस्तों आज जो वर्तमान है वही कल को भविष्य बनेगा दोस्तों अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है शानदार बनाना है तो दोस्तों वर्तमान को अच्छे से अच्छे करें। वर्तमान को जो भी आपका लक्ष्य है जो भी आपके कार्य है उसको पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई के साथ अच्छे ढंग से करें दोस्तों यही आपका फ्यूचर बनेगा दोस्तों और दोस्तों एक कमी और सीखने की भावना का न हो दोस्तों सपने तो सभी लेते हैं सभी के सपने होते हैं सभी एक्टर बनना चाहते हैं सभी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता 90 प्रतिशत इंसान सीखने की भावना नहीं रखते समझने की भावना नहीं रखते जानने की भावना नहीं रखते बस ये सोचते हैं कि मुझे एक मौका मिल जाए मैं एक्टर बन जाऊँगा सुपरस्टार बन जाऊँगा ये बिल्कुल गलत है दोस्तों सपने लेना बहुत अच्छी बात है सोच बड़ी होनी चाहिए सपने बड़े होने चाहिए बहुत ज़रूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है दोस्तों सीखने की भावना होगा अगर किसी को डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है एक्टर बनना है तो दोस्तों सीखना पड़ेगा बगैर सीखे कुछ भी नहीं बन पाओगे दोस्तों जितना जरूरी सीखना है समझना है जानना है उससे भी जरूरी है दोस्तों उसको प्रैक्टिकल करना दोस्तों उसका अभ्यास जितना ज़्यादा हम अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड सेट होगा और हम कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे और एक कमी और दोस्तों हम जैसा बनना चाहते हैं अब मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको वैसी सोसाइटी करनी पड़ेगी मान लीजिए किसी को एक्टर बनना है एक्टर की सोसाइटी हेल्पलाइन की सोसाइटी टाइम करनी पड़ेगी अगर किसी को डेक्टर बनना है तो डायक्टर भी सोसाइटी में रहना होगा तो दोस्तों शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत दोस्तों अगर आपको बड़ा आदमी बनना है कामयाब बनना है सफल होना है तो दोस्तों वैसे ही लोगों में रहिए वैसी ही सोसाइटी में रहिए दोस्तों जो आपसे सीनियर है जो आपसे बुद्धिमान है जो आपसे एक्सपर्ट है आप उनके साथ रहिए दोस्तों आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे दोस्तों एक मुख्य बात और दोस्तों हम जो भी करना चाहते हैं आज जो काम करना है हमें हम कल पर डाल देते हैं सोचते हैं कल कर लेंगे दोस्तों कल कभी नहीं आता दोस्तों सबसे बड़ी कमी ये भी है कि हम आज के काम को कल टाल कल पर टाल देते हैं दोस्तों। जो काम आज करना है उसे आज ही कीजिए कल करना कल कीजिए दोस्तों आज के काम को कल पर टाल देने से दोस्तों कई बार रिजल्ट भी बदल जाता है दोस्तों काम भी खराब हो, जा, हो जाता हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों यह भी एक मुख्य कमी है कि हम सोचते हैं कि आज मुझे ऑडिशन पे जाना है तो बारिश है आंधी है तूफान है तो हम दोस्तों अंदर से अपने प्रति ही बेमान हो जाते हैं अपने प्रति ईमानदार नहीं रह पाते अगर हम ईमानदारी से काम करें कि आंधी आए नहीं आए बारिश आए कुछ भी आए कि मुझे आज का काम आज ही करना है तो दोस्तों आप सफल अवश्य होंगे दोस्तों सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं 90 प्रतिशत के लेकिन ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल जीरो काम होता है दोस्तो। दोस्तों दोस्तों मिट्टी के लाल बनिए और जो आपके सपने हैं उससे कम से कम आपको दुगने सतर पर दुगने उत्साह से दुगने दुगना सीखना होगा दुगना समझना होगा जितना बड़ा आपका लक्ष्य है जितने बड़े आपके सपने हैं दोस्तों उससे दोस्तों काम करना होगा दोस्तों तभी आपके सपने साकार होंगे। और दूसरी सबसे बड़ा रीजन है सर दोस्तों हम हार जल्दी मान लेते हैं दोस्तों मन के हारे हार है मन के जीते जीत अगर आपने ठान लिया है दोस्तों तो दिक्कतें भी आएंगी परेशानी भी आएंगी समस्याएं भी आएंगी दोस्तों हर तरह से तैयार रहिए दोस्तों अगर गुलाब तक पहुंचना है तो दोस्तों रास्ते पर काटे भी आएंगे तो कभी हार मत मानिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए अगर आपने हार मान ली तो दोस्तों आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे और 90 प्रतिशत की समस्या यही है कि वो हार मान लेते हैं उन्होंने दो ऑडिशन दिए चार ऑडिशन दिए फेल हो गए वो तो निराश हो जाते हैं दोस्तों निराशा एक जहर का काम करती है दोस्तों ऑडिशन आप 10 ऑडिशन में फेल हुए 20 ऑडिशन में फेल हुए 50 ऑडिशन में फैल हुए कोई बात नहीं दोस्तों अगर आपने अपनी कमियों पर काम किया पहले ऑडिशन से कि क्या ऐसा कारण रहा कि मैं पहले ऑडिशन में फेल हो गया उस कारण को अगर आप समझेंगे बारीकी से आपके एक्सप्रेशन में कोई कमी रही या डायलॉग डिलीवरी में कमी रही या आवाज में कमी रही तो दोस्तों वो चीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी आप अपनी कमियों पर काम कीजिए दोस्तों जो आपकी ताकत है उसको पकड़ के रखिए और जो आपकी कमियां हैं उसको ठीक करते जाइए दोस्तों आप अवश्य ही सफल होंगे और दोस्तों फिल्म लाइन में या किसी भी लाइन में आप करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों दोस्तों कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बढ़कर माना गया है तो दोस्तों गुरु एक ऐसा इंसान होता है जो हमारी कमियों के बारे में हमारी खूबियों के बारे में वो बहुत अच्छे ढंग से जानता है वो हमेशा हमारी कमियाँ ज़्यादा देखता है और कमियाँ बताता भी है कमियाँ बताने का मतलब है कि वो हमें और बेस्ट बनाना चाहता है और अच्छा बनाना चाहता है तो दोस्तों कोई भी आप मंत्र बनाइए गुरु बनाइए उससे नॉलेज लीजिए आपको अगर फिल्म लाइन में परफेक्ट बनना है तो दोस्तों आप एक्टिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको डायरेक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए एडिटिंग डबिंग सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों और फोटोग्राफी की भी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों तो, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था यहीं तक था अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक सब सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद